बिना बड़े पास होना बीट का पेपर ले लो बिना बड़े पास हो जाओ बिना बड़े पास बीत का पेपर ले लो बीट का पेपर ले लाओ बिना बड़े पास बीच का पेपर ले लो बीट का पेपर ले लो बिना बड़े पास बीट का पेपर ले लो बीट का पेपर ले लो